तो वेलकम बैक टू माई चैनल सब लोग कैसे हो ठीक हो मैं जानता हूँ सब लोग बहुत खुश हो गया सब अपना अपना ख्याल रख रहे हो तो भाई अभी बच रहे हैं सुबह के साढ़े पाँच मैं आया हूँ ऊपर और बस अपने पाठ पूजा करने के लिए सुबह भाई शुरू करते हैं अपनी पाठ पूजा और मेरा मैं अब मैं खोलने जा रहा हूँ ठीक है फिर सुबह सुबह भाई पाठ पूजा भगवान का मैं गाने वाला भी गुस्सा सुनो मैं तो कहता हूँ ठीक है और सर लाइट नहीं है इसका सारा लेना पड़ता भाई क्या करें ये रहा ये रहा अब अब्जुल्ला और जल्दी यहाँ की लाइट तो भाई आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे भाई बिस्तर पूरा एकदम चक्का चांद है सब कुछ है यहाँ ये पता भाई क्या था पहले पुराना एडिटिंग रूम हुआ करता था जहाँ पे मैं अपनी एडिटिंग किया करता था ठीक है ये ये वही चेयर है और सबको याद होगा चेयर वही है सब कुछ है बस तो ये है कि भाई थोड़ा चेंज किया के रूम में थोड़ा अपना भी किया है ना होना चाहिए भाई थोड़ा ठीक है और मैं ये कर देता तो हूँ कैमरे को सेट तो भाई जिसने भी व्लॉग देखना है भाई वो बना रहेगा और वही चैनल को स्किप मत कर मेरे सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को ब्लॉग ब्लॉग में बनाए जाने के लिए ठीक है तो वही स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग और मैं सामने की लाइट में ऑन करने जा रहा हूँ ठीक है और बीच में से थोड़ा सा कट आ जाएगा क्योंकि आ, पार्ट करूँगा तो मैं देख दूसरा मोशन सेंसर लगाऊंगा कि वह होता है, है का मतलब वो फास्ट रोटिंग है वो सबको शूट करेगा ठीक है मैं मैंने जाती यहाँ की लाइट और मैं हाई प्लास के अंदर शूट तो मैं शूट करूँगा इसको ठीक है थोड़ा सा मैं कट करूँगा इसको bye rose bye